गुड मॉर्निंग टू ऑल मैं श्याम कुमार जैसा कि सीटेट का एग्जाम अभी चल रहा है और आप लोग उसका अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे तो उसी के करीब में मैथ का जो सिलेबस है वो 30 मार्क्स का होता है जिसमें आपको पता होगा कि 15 मार्क्स का जो होता है न्यूमेरिकल होता है यानी कि और 15 मार्क्स का पैरागोजी होता है तो ये पंद्रह मार्क्स यदि आप पंद्रह में पंद्रह लाना चाहते हैं तो आप इस वीडियो में आ, अंत तक बने रहिएगा ठीक है कुछ टॉपिक्स है जिसको आपको पढ़ के जाना है आ, मैं विश्वास दिलाता हूं आपको कि पंद्रह में से पंद्रह मार्क्स आप बिल्कुल लेके आइएगा बिल्कुल आसान टॉपिक्स है इसको आप देखिए और उस पर जो है जो जो बताया जाएगा और उसको आप मतलब इंप्लीमेंट कीजिएगा जैसे कि मैं टॉपिक्स का नाम लिख रहा हूँ ठीक है देखिये सबसे पहला टॉपिक जो है बेसिक नंबर सिस्टम आता है नंबर सिस्टम दूसरे नंबर पे आप आ जाइए बोर्ड मास बोर्ड मास जिसको आप क्या सिंप्लीफिकेशन भी कह सकते हैं ठीक है तीसरे नंबर पे आपका आएगा टाइम एंड डिस्टेंस चौथा नंबर पे आपका आएगा टाइम एंड वर्क और उसके बाद आप आ, आ जाइए ये क्या कहते हैं आपको एस्टेटिक्स से क्वेश्चन आ जाएगा एवरेज रेशियो एंड प्रोपोर्शन एज देखिये इन सभी टॉपिक्स को आपको देख के जाना है कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट परसेंटेज और दसवां टॉपिक है प्रॉफिट एंड लॉस एलसीएम एंड एचसीएफ ये ग्यारह टॉपिक्स को यदि आप देख के जाते हैं तो विश्वास रखिए कि आप पंद्रह में पंद्रह मार्क्स ले आइएगा और बिल्कुल बेसिक तरीका का क्वेश्चन रहता है ये नहीं कि बहुत हार्ड है एसएससी लेवल का है सीजीएल लेवल का है उस तरह का कोई क्वेश्चन नहीं रहता है बिल्कुल ही नॉर्मल क्वेश्चन रहता है जिसको आप आसानी से जो है एक दिन में ये सारे टॉपिक्स को आप चाहिएगा तो कवर कर लीजिएगा ठीक है मैं अब इन सभी टॉपिक्स पे जो है कुछ क्वेश्चन करवा रहा हूँ टाइप बता दे रहा हूँ जिसमें जो है आपको वो टाइप हंड्रेड परसेंट मिलेगा सिर्फ आप उस क्वेश्चन को जो है रिवाइज करके जाइएगा सिर्फ क्वेश्चन में जो है डिजिट बदला रहेगा बाकी टाइप सेम रहेगा ठीक है जैसा कि मैंने एग्ज़ाम दिया भी है उसी के करिए में मैं आपको बता रहा हूँ तो सबसे पहले आते हैं हम लोग नंबर सिस्टम पे ठीक है नंबर सिस्टम से देखिए कैसा क्वेश्चन रहेगा आपका नंबर सिस्टम में जनरली जो आपको पूछा जा रहा है अभी रेशनल नंबर रेशनल नंबर पूछा जा रहा है और दूसरा इरेशनल नंबर पूछा जा रहा है इरेशनल नंबर पूछा जा रहा है तो रेशनल नंबर के बारे में मैं बता दू रेशनल नंबर वैसे संख्या को कहते हैं जिसको p वाई क्यू के रूप में व्यक्त किया जाता है p वाई क्यू के रूप में वैसा नंबर जिसको p वाई क्यू के रूप में हम लिखते हैं उसे रेशनल नंबर कहते हैं परिमय संख्या कहते हैं रेशनल नंबर को हिंदी में परिमेय संख्या कहते हैं अब यहाँ पे है कि p इज इक्वल टू जीरो हो सकता है और कोई नंबर हो सकता है पी का मान जीरो भी हो सकता है और कोई नंबर भी हो सकता है बट क्यू का मान जो है हमेशा कोई ना कोई नंबर ही रहेगा Q इज नॉट इक्वल टू जीरो होगा ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि परिमेय संख्या आप उसी को कहिएगा जिसे p वाई क्यू के रूप में यानी कि बटा के रूप में फ्रैक्शन आपको समझ में आता होगा कि जो बटा में रहता है तो जिसे p वाई क्यू के रूप में लिखा जा सके जहाँ पे p का मान जो है जीरो भी हो सकता है वन टू थ्री वाटेवर कुछ भी हो सकता है बट क्यू का मान जो है हमेशा कोई नंबर ही रहेगा वो पॉजिटिव नंबर रहे या निगेटिव नंबर रहे ठीक है बट जीरो कभी नहीं हो सकता है जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप देख लीजिए अगर हम ऐसा लिख दें कि फोर बाय थ्री क्या रेशनल नंबर है तो बिल्कुल है लेकिन अगर हम ऐसा लिख देंगे जीरो बाय थ्री क्या रेशनल नंबर है तो है लेकिन अगर हम थ्री बाई जीरो लिखेंगे तो ये रेशनल नंबर नहीं होगा ये डज़ नॉट एग्जिस्ट हो जाएगा इसका फाइट हो जाएगा मतलब ये नंबर नहीं होगा तो रेशनल नंबर का एक कंडीशन तो आपको समझ में आएगा कि जो के रूप में होगा जहां का जीरो से लेके कोई नंबर होगा क्यू का मान नंबर ही होगा जीरो कभी नहीं होगा ठीक है एक तो ये तरीका हो गया दूसरा तरीका रेशनल नंबर कहते किस को तो दूसरा अगर स्क्वायर के फॉर्म स्क्वायर रूट के फॉर्म में अगर यह दिया जाएगा स्क्वायर रूट के फॉर्म में यदि यह दिया क्वेश्चन में अगर आपको स्क्वायर रूट के फॉर्म में आता है तो ये देखिए स्क्वायर रूट का जो क्वेश्चन आता है आपको पेपर वन और पेपर टू दोनों में पूछा जाता है ठीक है तो पेपर वन के जो स्टूडेंट है उनके लिए भी ये हेल्पफुल है और पेपर टू के जो स्टूडेंट है उनके लिए भी हेल्पफुल है तो स्क्वायर रूट में रेशनल नंबर का क्या इंपॉर्टेंस है वो समझिए अगर जिसका परफेक्ट स्क्वायर निकाला जाता है जैसे कि हम एग्जांपल में आपको बताते हैं अगर स्क्वायर रूट हम फोर दे तो इसका परफेक्ट स्क्वायर टू आएगा स्क्वायर रूट अगर हम नाइन दें तो इसका परफेक्ट स्क्वायर थ्री आएगा बट अगर हम स्क्वायर रूट फाइव दें तो इसका परफेक्ट स्क्वायर निकालना मुश्किल है ये नहीं निकलेगा टू समथिंग जाएगा टू या समथिंग जो भी जाए यानी कि जिसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं निकलता है अगर उससे रिलेटेड अगर आपको पूछ देता है कि रेशनल नंबर है या नहीं है तो उस कंडीशन में आपका जवाब होगा कि नहीं है जैसे एग्जांपल में हम आपको बताते हैं अगर क्वेश्चन में ऐसा रहे रूट फोर बाई थ्री क्या ये रेशनल नंबर है तो आपका जवाब होगा हाँ ये रेशनल नंबर है क्यों है क्योंकि इसका परफेक्ट स्क्वायर हम निकाल पा रहे हैं तो रूट 4 का जो परफेक्ट स्क्वायर है वो टू है और नीचे में आपका थ्री है तो ये रेशनल नंबर है लेकिन अगर एग्जांपल टू दे दे आपको और इस तरह से आपका क्वेश्चन रहे कि रूट थ्री बाय टू क्या रेशनल नंबर है तो आपका जवाब होगा कि नहीं रेशनल नंबर ये नहीं है क्यों नहीं है क्योंकि रूट थ्री का जो है हम परफेक्ट स्क्वायर नहीं निकाल पा रहे हैं इसलिए ये रेशनल नंबर नहीं है तो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा इस तरह का अगर क्वेश्चन रहे आपका कि रूट टू बा क्या ये रेशनल नंबर है तो आपका जवाब होगा कि नहीं है क्यों नहीं है क्योंकि रूट अगर आप इसको ब्रेक कीजिएगा तो रूट टू बाय रूट थ्री लिखिएगा ठीक है जो कि ना तो रूट टू का परफेक्ट स्क्वायर आप निकाल पा रहे हैं और ना ही रूट थ्री का परफेक्ट स्क्वायर आप निकाल पा रहे हैं इसलिए ये क्या है इरेशनल नंबर है ठीक है तो आपको इेशनल और इरेसनल में आई थिंक कन्फ्यूजन जो हो जो भी होगा वो दूर हो गया होगा ठीक है तो इसी से रिलेटेड आपका क्वेश्चन पूछ देता है ठीक है क्वेश्चन कैसे पूछेगा क्वेश्चन इस तरह से पूछ देता है आपको कि वन बाय टू और वन बाय थ्री ठीक है के बीच के बीच जो है आ, तीन आ, तीन परिमेय संख्या ज्ञात करें परिमेय संख्या ज्ञात करें तो तीन पूछ दे चार पूछ दे एक पूछ दे ठीक है अगर मान लीजिए तीन पूछा है <coughs> तो हमको क्या करना है कि जितना पूछा है उसमें जो है अपने मन से एक जोड़ देना है अपने मन से क्या कर लेना है एक जोड़ देना है और ऊपर नीचे जो है दोनों तरफ क्या कर लेना है गुना कर देना है तो हम वन बाय टू तो पहले से है ऊपर में चार से गुना कर दीजिए नीचे भी चार से गुना कर दीजिए क्या करना है जितना पूछ रहा है उसमें अपने मन से क्या कर देते हैं एक जोड़ देते हैं ठीक है अब जो इधर भी आपको क्या करना है वन बाय तो ऑलरेडी पहले है चार नीचे क्या कर लीजिए चार तो आपका जो वैल्यू आ गया ऊपर में चार बटा नीचे देखिए आठ आ गया और इधर जो है आपका चार बटा नीचे कितना आ गया बारह आ गया ठीक है तो इस कंडीशन में आपको क्या करना है कि आपका जो चुकी तीन परिमेय संख्या निकालना है तो आप इसको इस तरह से कर लीजिए चार बटा आठ कर लीजिए फिर चार बटा जो है नौ कर लीजिए चार बटा दस कर लीजिए चार बटा ग्यारह और चार बटा बारह तो आपको समझ में आ गया होगा कि तीन परिमेय संख्या निकालना निकालने के लिए कह रहा था किसके बीच वन बाय टू और वन बाय थ्री के बीच तो हम क्या किए जितना परिमेय संख्या निकालना है उसमें अपने मन से क्या कर लेते हैं एक ऐड कर देते हैं और उसको जो है न्यूमिनेटर यानी अंश में और हर में दोनों तरफ गुना कर देते हैं और उसके बीच जो भी परिमा संख्या होता है उसको हम लिख देते हैं तो देखिए देखिए क्या मिल गया हमको चार बटा मिल गया चार बटा मिल गया और चार बटा मिल गया तो ये आपका परिमेय संख्या निकालने का रूल है कुछ बेसिक रूल है और ये सब जगह इंप्लीमेंट होता है आप इस इस रूल से कहीं भी क्वेश्चन को बना सकते हैं एक तो तरीका ये हुआ दूसरा तरीका ये हो सकता है आपका कि अगर पूछते नहीं इसके बीच एक परिमेय संख्या याद करें तो एक परिमेय संख्या याद करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि जो भी मान दिया होता है उस दोनों को ऐड कर देते हैं और उसमें दो से क्या कर लेते हैं डिवाइड कर लेते हैं फिर से समझिएगा जो भी मान आपका दिया रहेगा उसको क्या करेंगे हम ऐड कर लेंगे और उसमें दो से भाग दे देंगे तो वो बीच का वैल्यू क्या हो जाएगा आपका निकल जाएगा ठीक है एक तो इस ता, इस टाइप का क्वेश्चन पूछ लेता है इसको आप बिल्कुल देख के जाइएगा एकदम क्वेश्चन आ ही रहा है इस टाइप का एक क्वेश्चन आपका पक्का है रेशनल नंबर से इससे बाहर नहीं जाएगा ठीक है दूसरा क्वेश्चन अब जो है फ्रैक्शन में फ्रैक्शन बेस्ड कैसा क्वेश्चन पूछता है ये समझिएगा फ्रैक्शन बेस्ड क्वेश्चन कैसा पूछता है तो देखिए फ्रैक्शन बेस्ड में आपको इस तरह से क्वेश्चन दे देगा वन बाय टू थ्री बाय फाइव दे देगा दे दे सेवन दे दिया और एट बाय टेन दे दिया इस तरह से ठीक है अब इसमें बोलेगा कि सबसे बड़ा संख्या कौन सा है इस दिया गया फ्रैक्शन है और इसमें आपको निकालना है सबसे बड़ा संख्या क्या है कौन सी सबसे बड़ी संख्या है या कौन सा भिन्न सबसे बड़ा भिन्न है या कौन सा भिन्न सबसे छोटा भिन्न है इस तरह से आपका क्वेश्चन पूछेगा ठीक है तो आपको देखिए बेसिकली क्या करता है क्या इसमें करना है कि बहुत सारे टीचर्स जो है इनको ये बताते हैं कि आप न्योमिनेटर और डिनोमिनेटर को सेम कर लीजिए उस तरह से देखिए समय बर्बाद होगा तो आपको कुछ नहीं करना है देखिए सबको डिवीजन यानी भाग का जो आता है तो उसको दस दसम्लव में बदल लीजिएगा आप दशमलव में तो बहुत ज़्यादा टाइम आपका नहीं लगेगा अगर आपका कैलकुलेशन अच्छा है तो देखिए वन बाई टू को हम क्या लिख सकते हैं ज़ीरो पॉइंट फाइव लिख सकते हैं ठीक है ठीके? अगर थ्री बाय को अगर हम डिवाइड करें फाइव से तो यहाँ पॉइंट दीजिएगा तो सिक्स आ जाएगा तो इसका वैल्यू होगा जीरो उसके बाद आपको क्या करना है कि सिक्स में जो है सेवन से आप क्या कर लीजिए डिवाइड कर लीजिए तो यहाँ पे पॉइंट पॉइंट दीजिए और यहाँ पे जीरो दीजिए तो आठ बार में लगेगा इस तरह से चार आ जाएगा तो ये आपका आ जाएगा पॉइंट uh, एट ठीक है और यहाँ पर भी आप क्या देख रहे हैं कि पॉइंट एट आ रहा है, है ना तो ये तो पॉइंट एट एग्जैक्ट आ रहा है क्योंकि एक अंक नीचे टेन है तो एक अंक बाद दशमलव आ जाएगा अब हम क्या देख रहे हैं कि ये दोनों तो एक डिजिट तक तो सेम ही है तो हम क्या करेंगे एक पॉइंट और बढ़ेंगे सात पच्चीस पैंतीस यहाँ हो जाएगा तो मतलब ये आपका एट फाइव आ रहा है ये एट जीरो आ रहा है और ये सिक्स आ रहा है और ये फाइव ठीक है तो अब यहाँ से आप क्या कर सकते हैं आसानी से जो है इसको आप इस्डिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में भी सजा सकते हैं ठीक है आप सबसे बड़ा संख्या भी इससे निकाल सकते हैं सबसे छोटा संख्या भी निकाल सकते हैं यानी कि अगर आप डेसिमल में बदल लिए तो इससे रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा आप आसानी से क्या कर लीजिएगा जवाब दे दीजिएगा जैसे कि मान लीजिए यह हम यहाँ पे सबसे बड़ा क्वेश्चन पूछे सबसे बड़ा तो आपका कौन सा फ्रैक्शन हो जाएगा सिक्स बाय जो है इसका आंसर हो जाएगा सबसे बड़ा अगर इसी में सबसे छोटा अगर पूछा जाता तो आपका वन बाई सबसे छोटा होता Ascending और मगर इसको सजाना होगा तो असेंडिंग ऑर्डर का मतलब समझिएगा एसेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है बढ़ते क्रम बढ़ते क्रम का मतलब क्या होता है कि पहले सबसे छोटा लिखते हैं उसके बाद उससे बड़ा उसके बाद, उसके बाद जैसे कि इसका समझिए जैसे कि हम फाइव सेवन सिक्स एट इस तरह से दे दिया और बोले हम इसको असेंडिंग ऑर्डर में क्या करिए आप इसको सजाइए तो असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है कि पहले सबसे छोटा तो पहले फाइव लिखेंगे फिर उससे जस्ट बड़ा तो सिक्स लिखेंगे फिर सेवन और फिर एट ये असेंडिंग ऑर्डर होगा मतलब छोटा से बड़ा में जब हम जाते हैं तो असेंडिंग ऑर्डर हो गया और डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है कि घटते क्रम घटते क्रम मतलब ऊपर से नीचे चलते हैं ठीक है यानी कि आपको ये समझना है कि जैसे इसी क्वेश्चन में हम आते हैं तो अगर इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में सजाना है डिसेंडिंग ऑर्डर में तो डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या करना है आपको कि पहले सबसे बड़ा लिखना है सेवन है फिर एट है फिर सिक्स फिर फाइव इस तरह से तो डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है कि बढ़ते यानी कि घटते क्रम ऊपर से लेकर नीचे चलना है हमको और असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है बढ़ते क्रम मतलब नीचे से ऊपर जाना है तो ये असेंडिंग uh, डिसेंडिंग का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ ठीक है और उसके बाद जो है आपका फ्रैक्शन uh, से जो क्वेश्चन पूछता है कि सबसे बड़ा फ्रैक्शन कौन सा है सबसे छोटा फ्रैक्शन कौन सा आई थिंक इसका भी जो है आपका क्लियर हो गया होगा। अब नंबर सिस्टम में ही आता है फेस और प्लेस जो कि क्वेश्चन आपका पूछता है ठीक है और काफी पूछा जा रहा है इससे क्वेश्चन तो हम समझते हैं कि फेस वेल्यू क्या है और प्लेस वेल्यू क्या है ठीक है फेस वैल्यू का मतलब होता है जाति हिंदी में अगर बोले तो हम जातीय मान होता है और इसका होता है स्थानीय मान होता है देखिए फेस वैल्यू जैसे कि ऐसे क्वेश्चन कैसे पूछेगा आपको इस तरह से नंबर दे, दे देगा फाइव सिक्स सेवन एट मान लीजिए नाइन दे दिया ठीक है इसमें पूछेगा आपका ये क्वेश्चन है आपका और इसमें पूछ लेगा कि uh, दिए गए प्रश्न में जो है अंक uh, Uh, सात का जो है स्थानीय मान क्या है मान क्या है इस तरह से क्वेश्चन पूछ देगा तो देखिए स्थानीय मान जिसका भी निकाल लो अगर इसका स्थानीय मान सात का निकालना है, तो सात लिख देना है और उसके बाद जितना भी डिजिट है उतना आप जीरो डाल दीजिए ये इसका मान लो तो सात का स्थानीय मान क्या हो जाएगा सेवन हंड्रेड हो जाएगा इसका मतलब है आपको यह ध्यान रखना है कि जिसका भी स्थानीय मान निकालना है उसको लिख के उसके बाद जो भी डिजिट है उतना जीरो डाल देना है मान लीजिए पांच का स्थानीय मान क्या हो जाएगा फाइव वन टू थ्री फोर जीरो है तो फोर जीरो डाल दीजिए इस पर अगर मान लीजिए इसका सिक्स का स्थानीय अमान निकालना है तो सिक्स सिक्स के बाद कितना डिजिट है थ्री तो थ्री जीरो डाल दीजिए तो स्थानीय मान का कॉन्सेप्ट आई थिंक क्लियर हो गया होगा ठीक है स्थानीय मान का मतलब होता है कि जिस भी अंग का स्थानीय मान निकालना है उसको आप लिखिए उसके बाद जितना भी डिजिट है उतना तो जीरो डाल दीजिए उसका स्थानीय मान निकल जाएगा अब देखिए स्थानीय मान के बाद जो आता है जातीय मान आता है यानी कि फेस वैल्यू क्या आता है तो सिक्स सेवन एट नाइन सिक्स इस तरह से अगर आ, आता है आपका तो मान लीजिए इसका अगर जातीय मान बोलेगा तो जिस भी डिजिट का जातीय मान यानी कि फेस वैल्यू निकालने के लिए कहेगा तो उस डिजिट का जो है फेस वैल्यू वही होगा चाहे उसका प्लेस कुछ भी हो मान लीजिए सिक्स का बोलेगा मतलब फेस वैल्यू निकालने के लिए तो वो सिक्स ही हो जाएगा सेवन का फेस वैल्यू सेवन ही हो जाएगा एट का फेस वैल्यू एट ही हो जाएगा नाइन का नाइन ही हो जाएगा मतलब उसका प्लेस वन पे है टेंस पे है हंड्रेड पे है थाउजेंड पर उससे कोई बहस भा, नहीं है जिसका फेस वैल्यू निकालने के लिए कहेगा उसका आंसर वही हो जाएगा ठीक है अब हम लोग आते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन पे क्वेश्चन कैसा पूछेगा कि इस तरह से क्वेश्चन दे देगा आपको और पूछ देगा कि अंक सात का स्थानीय और जातीय मान स्थानीय मान और जातीय मान।, मान, मान का योग क्या होगा का योग क्या होगा इस तरह से क्वेश्चन पूछ देगा मान लीजिए बोल रहा है कि क्वेश्चन में स्थानीय तो अभी अभी मतलब जो डिजिट दिया है वो ठीक है वो डाल देते हैं कि सात हजार आ जाएगा और जातीय मान का मतलब होता है वो डिजिट स्वयं तो यहाँ पे सात का जो जातीय मान होगा वो सात होगा और इसका आपका क्या कर रहा है योग पूछ रहा है मतलब सम पूछ रहा है तो इसका आंसर क्या होगा सेवन डबल जीरो सेवन ये आपका आंसर हो जाएगा ये आपका आंसर निकल के आ गया इसी में देखिए कभी कभी गुण गुणक पूछ देता है इसका मतलब मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आएगा तो इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिएगा कभी कभी इसका अंतर पूछ देता है माइनस पूछ देता है तो उसको आप माइनस कर लीजिएगा तो आई थिंक आपका फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू का जो है कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछता है वो भी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा अब देखिए इसमें जो है अभी देखने को मिल रहा है ये हर शिफ्ट में क्वेश्चन देखने को मिल रहा है इस टाइप का क्वेश्चन आपको दे दे रहा है वन वन वन ठीक है और इसका स्क्वायर जैसे कि मान लीजिए निकालना है तो इसका स्क्वायर में क्या करना है आपको कि जितना डिजिट है समझ लीजिएगा जितना डिजिट है जैसे कि चार डिजिट चार है यहाँ पे तो आपको वन से लेकर चार तक लिख देना है ठीक है समझिएगा ध्यान से वन टू थ्री फोर यानी कि चार डिजिट है तो वन से लेके चार तक हम कंटिन्यूस लिखे और उसके बाद चार से हम डिसेंडिंग ऑर्डर में लेंगे थ्री टू वन यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा ठीक है जैसे मान लीजिए आपका जो है थ्री का स्क्वायर कैसे निकलता है मतलब वन वन ट्रिपल वन यानी कि एक सौ ग्यारह का स्क्वायर कैसे निकालना है तो वन टू थ्री तीन अंक है तो तीन तक गए फिर टू वन इस तरह से ये क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल रहा है ठीक है तो इसको भी आप एक बार देख लीजिएगा रिवीजन कर लीजिएगा इस टाइप के और भी बहुत सारे क्वेश्चन और बाकी स्क्वायर से रिलेटेड जो अगर आपको देखना है वीडियो तो बिल्कुल ही आसान तरीका से बिल्कुल दो से तीन सेकेंड में आप स्क्वायर किसी भी नंबर का स्क्वायर निकाल सकते हैं उसमें एक वीडियो डाला गया है हम डाले भी हैं तो उसको अगर आप देख के जाते हैं तो आई थिंक स्क्वायर और स्क्वायर रूट का तो सारा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा नंबर uh, सिस्टम से uh, और भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं बहुत सारे टाइप आते हैं ठीक है फिलहाल जितना हम आपको बताए हैं इसको आप प्रैक्टिस कीजिए और इसको देख के जाइए ठीक है नेक्स्ट वीडियो में हम आपके साथ फिर बने रहेंगे फिर मिलेंगे और अगले टॉपिक के साथ और uh, नए नए क्वेश्चन के साथ और कोशिश करेंगे कि प्रीवियस ईयर का जितना भी क्वेश्चन है उसको हम आपको सॉल्व uh, करवा दें uh, तो अगर आप चाहते हैं कि मेरे वीडियो, मेरा वीडियो यदि आपको अच्छा लगा है तो थोड़ा सा उसको शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और लाइक भी कर दीजिएगा और अभी चूंकि चैनल पे हम नए हैं तो थोड़ा आपका सपोर्ट की आव... थोड़ा आपके सपोर्ट की आवश्यकता है यदि आप सपोर्ट कर देते हैं तो हम भी ग्रो करेंगे अगर मेरा चैनल पे अगर ए आपसे हाथ जोड़ रिक्वेस्ट है कि वन कम से कम अभी, अभी आप लोग सपोर्ट करके यहाँ तक हमको पहुँचा दीजिए ताकि हम लाइव आके आपको पढ़ा सके ठीक है और अपना अच्छा फीडबैक आपको मतलब दे सकें अगर जितना है अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकें ठीक है मेरे चैनल का नाम जो है वो ए, लिख लीजिएगा इंडियन मैथ्स ए टू जेड इंडियन मैथ्स ए टू जेड अगर ये आप सर्च करते हैं तो आपको मेरे मेरा चैनल मिलेगा इंडियन मैथ्स ए टू जेड इस पर आपको सारे टाइप्स का जो है ना वीडियो मिल जाएगा वो जीके जीएस हो जाए या फिर मैथ्स का हो जाए रीजनिंग का हो जाए सारा वीडियो आपको मिलेगा इससे ठीक है बाकी आज के लिए इतना ही जय हिंद धन्यवाद राम राम सत श